रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम को वापस हबीबगंज करने की याचिका को मध्य प्रदेश की कोर्ट ने रद्द कर दिया है इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है जिसको लेकर भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि हाई कोर्ट ने ये कड़ी प्रतिक्रिया उन लोगों को दी है जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं इस दौरान उन्होंने कोर्ट का आभार जताया है मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने एक याचिका को रद्द करते हुए उसे तुच्छ करार दिया है साथ ही साथ याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया है दरअसल याचिका भोपाल स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम को हबीबगंज करने को लेकर लगाई गई थी हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने याचिकाकर्ता समेत उन लोगों के ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जो एक वर्ग विशेष के नाम पर तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं उन्होंने कहा उच्च न्यायालय का सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा जिन्होंने भोपाल की जनता की भावनाओं को समझने का काम किया और रानी कमलापति स्टेशन का नाम रानी कमलापति ही रहने देने का निर्णय लिया यह हार उन लोगों की है जो हबीब के समर्थन में उच्च न्यायालय गए थे और एक करारा तमाचा भी है जो एक विशेष वर्ग की बात करते हैं और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं यह निर्णय भोपाल की जनता की जीत है देखिए सबसे पहले तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूं साधुवाद करना चाहता हूं जिन्होंने भोपाल की जनता का जनता की भावनाओं को समझने का काम किया और उनकी भावनाओं के अनुरूप हबीबगंज का नाम रानी कमलापति रैन ने दिया यह हार उन लोगों की है जो हबीब के समर्थन में उच्च न्यायालय में गए थे और करारा तमाचा यह उनके गाल पर भी है जो एक विशेष वर्ग की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं यह जीत भोपाल की जनता की जीत है मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ साधुवाद करता हूँ संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पगडंडियों ऐसी सड़कों तक गाँव ऐसी शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजनीति से कूटनीति तक दखन न्यूज आपके हक आप देख रहे हैं दखन न्यूज